देश की बेटियां आज अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सीहोर की बेटी ईशा कुशवा पहली बार में ही अग्निवीर भर्ती में सिलेक्ट हो गई है ईशा का बचपन से सपना था सेना में भर्ती होने का जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की ईशा की इस उपलब्धि से पूरा सीहोर गर्व महसूस कर रहा है हमारी छोरिया छोरों से कम है के भले ही यह फिल्मी डायलॉग हो लेकिन हमारी बेटियां इस पर अमल कर रही है अब समाज के हर क्षेत्र का नेतृत्व बेटिया कर रही है और देश विदेश में अपना नाम कमा रही हैं। ऐसी ही एक कहानी सीहोर की उन्नीस साल की ईशा कुशवा की है जिसने सेना में जाने का अपना बचपन का सपना बड़े ही संघर्षों के बाद पूरा कर लिया है ईशा ने कोरोना में ही फौज में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी अपने सपने के लिए रोजाना ईशा चार किलोमीटर रनिंग करती थी बाहर के खाने पीने से भी परहेज करती थी और ईशा सिर्फ फौज की ही तैयारी नहीं बल्कि अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी